अश्वदाई गोदाई धनदाई महाधने धनम्य जुस्ताम देवी सरो कामाश्चम देहि में वार की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिर्विद आशीष वक्त लखनऊ से आप सभी दर्शकों के समय दिनांक 31 जनवरी के के आधार तो सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर छप्पन मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर तिरालीस मिनट पर तिथि जो रहेगी ष्टी तिथि रहेगी ष्टी तिथि के बारे में ब्रह्मा पुराण में बताया गया है कि नीम की पत्ती का सेवन या करी पत्ते का सेवन या नीम की दातून आज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोपहर तीन बजकर बावन मिनट तक का षठी तिथि रहेगी इसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी जी हाँ देखिए सप्तमी तिथि को आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए मना ही है ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में इसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि आप सप्तमी को आंवले का सेवन करेंगे तो धन का क्षय होगा नक्षत्र रहेगा।, रहेगा रेवती और अश्वनी दोनों ही गंडमूल नक्षत्र की कैटेगरी में आते हैं करण रहेगा तैतिल और अंतिम करण रहेगा ये रहेगा घर योग रहेगा साध्य समय पर आ जाते हैं तो शुभ समय जो रहेगा ये आज रहेगा पंद्रह बजकर सत्ताईस का समय अमृतकाल का आप लोग कार्यो को करिएगा निश्चित आपके कार्यो की अभीष्ट सिद्धि होगी अशुभ समय पर आते हैं जिसमें राहुकाल प्रमुख रूप से आता है तो अशुभ समय राहुकाल जो रहेगा यह शुक्रवार का राहुकाल सुबह दस बजकर अट्ठावन मिनट से बारह बजकर उन्नीस मिनट तक का रहेगा चंद्रदेव देखिए दर्शकों जो चलायमान रहेंगे 31 जनवरी शाम छह बजकर दस मिनट तक तो मीन राशि में रहेंगे फिर ये मेष राशि में संचरण करेंगे और सूर्यदेव मकर राशि में चलायमान रहेंगे शुक्रवार दिन और दिशा की बात ना करें तो ऐसा कहाँ संभव है पश्चिम दिशा की ओर यात्रा आज जो है नहीं करनी है दिशा होता है यदि करनी पड़ जाए तो मिश्री का सेवन करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं दही का सेवन करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं मक्खन का सेवन करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं और पूर्व में पहले चार पग चलिएगा फिर पश्चिम दिशा की ओर जाइएगा आपके कार्य जो हैं ये बनेंगे तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में 31 जनवरी मतलब वर्ष का आखिरी दिन क्या कुछ नया सवेरा लेकर के आया है नया उम्मीद लेकर के आया है तो राशिफल में जो हमारी पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि देखिए दर्शकों मेष राशि पर आगे बढ़े उससे पहले आज हम आप लोगों को धन प्राप्ति का एक उपाय बताते हैं आप लोग यदि अपना रोजगार कर रहे हैं या आप लोग नौकरी में हैं और आपको आपके इच्छित शैल सैलरी या तनख्वाह नहीं प्राप्त हो रही है या बिजनेस या व्यापार में आपको इच्छित सफलता इच्छित लाभ नहीं हो रहा है तो एक आज हम आपको प्रयोग बताएंगे और ये प्रयोग ऐसा है कि यदि आप लोग कर लेंगे तो इसका चमत्कार एक महीने के भीतर आप लोगों को खुद दिखने लगेगा याद करिए दर्शकों हमने शुरुआत किस चीज चीज़ से की थी ऋग्वेद में उल्लिखित श्री के पाठ का एक जो है एक ऋचा है अश्वदायी गोदाई धनदाई महाधने धनम में जुस्ताम देवी सर्व कामाश्चम दे में देखिए दर्शकों पहले जब हमारे ऋषि मुनियों का समय था उस समय अश्व चलते थे गौ चलते थे तो इन्हीं सबसे माँ लक्ष्मी की स्तुति की गई है कि अश्वदाई धन अश्वदाई, गोदाई, धनदायी महाधने धनम में जुस्ताम देवी सर्व कामाश्चम दे में माँ लक्ष्मी से इन सब रूपों को मांगा गया है इन सब चीज़ों को मांगा गया है तो अब आप लोग भी यदि इन मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से देखिए आज भी जो सबसे महंगा वाहन है वो घोड़ा है करोड़ों में अरबों में इसकी जो है बोली लगती है गाय हो गई तो धनदायी धनम में जुस्ताम देवी सरो का कामाश्चम दे में मतलब आप हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति करिए जो भी हमारे मन में कामना है तो आज के परिपेक्ष में यदि देखा जाए तो यदि आप इस मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे वाहन की प्राप्ति होगी अच्छे घर की प्राप्ति होगी आ, अच्छे धन की प्राप्ति होगी तो इन मंत्रों को आप जपिए 108 बार प्रतिदिन आप इन मंत्रों को जो है जप सकते हैं श्री सूक्त की ये ऋचा रिचा, है इन ऋचाओं का 108 बार आप पाठ करिए निश्चित रूप से जो भी बाधाएं हैं वो दूर होंगी तो चलते हैं मेष राशि की ओर मेष राशि के जातको आज का दिन सामान्य रहेगा आज आपके मन में कुछ न कुछ जरूर लगी रहेगी परंतु साधनों की कमी के कारण आज कल्पनाओं को आप साकार रूप नहीं दे पाएंगे महिलाएं भी आज बातें बड़ी बड़ी करेंगी परंतु अंदर से बहुत ज्यादा खोखलापन रहेगा कार्य व्यवसाय बिना किसी की सहायता के चलाना आज मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है व्यवसाय में आज किसी सौदे के अंतिम क्षण में पहुंचने पर अचानक निरस्त होने से मन निराश होगा लेकिन जैसे ही चंद्रदेव मेष राशि में आएंगे शाम को तो आकस्मिक धन लाभ होगा होगा आपको उससे आपको राहत मिलेगी नौकरी वाले लोगों को आज कुछ ना कुछ परेशानी बनी रह सकती है घर में भी आज शाम के समय सुख शांति लौटेगी जो आपका खर्च हो रहा था ये कुछ हद तक की कंट्रोल होगा रुकेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो अश्वदाई, गोदाई धनदायी महाधने धनमे जुस्ताम देवी सरो कामाश्चम देहिम में 108 बार इन ऋचाओं का आज आप लोग पाठ करिए आपके लिए आज व्हाइट कलर सफेद रंग शुभ रहेगा और अंक दो शुभ अंक रहेगा वृषभ राशि के जातकों आज का दिन सरकारी अथवा अन्य कागजी कार्रवाई के लिए उत्तम रहने वाला है सरकारी कार्य आप थोड़े से परिश्रम से आशाजनक परिणाम देंगे लेकिन किसी की सहायता से आवश्यक का जो है सहायता अवश्य रहेगी कार्य व्यवसाय में आज प्रयास करने पर सरकारी पक्ष से आपको सहयोग मिल सकता है धन की आमद मध्यान्हन तक उत्तम रहेगी इसके बाद कुछ समय के लिए रुकावटें आती हुई दिखाई पड़ रही हैं आज संतान पक्ष से कोई आपको शुभ समाचार प्राप्त होगी घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है नौकरी पेशा जातकों के जो है आज अधिकारियों के कृपा पात्र बने रहेंगे और आज का दिन जो रहेगा ये आपके लिए किसी नए और शुभ सूचना का जो है सहयोग लेकर के आया है उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को करना क्या होगा तो देखिए आज आप लोग प्रयास करिए कि श्री सूक्त का पाठ करिए साथ ही साथ गाय को मीठा आप लोग जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक दो हमारी जो अगली राशि आती आती है मिथुन राशि जी हाँ जेमिनी तो मिथुन राशि के आज के दिन आपको परिश्रम का उचित फल मिल सकेगा कार्य व्यवसाय में थोड़ी मेहनत के बाद उत्साहजनक लाभ मिलेगा सहकर्मी आज आपसे कुछ ईर्षा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन आपकी दिनचर्या एवं व्यक्तित्व पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा कुछ दिनों से चली आ रही धन संबंधी उलझने शांत होंगी मन इच्छित कार्यों पर आज आप लोग खर्च कर सकेंगे फिजूल खर्ची रहेगी लेकिन पारिवारिक खुशी के आगे व्यर्थ नहीं है सब लगेगा सार्वजनिक कार्यों में आज आप लोग कम रुचि लेंगे आज आपके घर में कोई जो है धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है आपके घर में किसी का विवाह इत्यादि भी हो सकता है छोटी मोटी यदि बातों को छोड़ दिया जाए तो आज का दिन सामान्य रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो दुर्गा जी के 32 नामों का आज आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ आज दुर्गा को आपको लाल रंग का कोई वस्त्र या लाल रंग की चुंदरी अर्पित करनी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रीन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक साथ हमारी जो अगली राशि आती है आती है कैंसर अर्थात कर्क राशि कर्क राशि के जात को आज दिन का पुरवार जितना बेचैनी भरा रहेगा दिन का अंतिम भाग उतना ही राहत देने वाला रहेगा दिन के आरंभ में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कार्यों में बाधा डाल सकती हैं व्यवसाय में आज प्रयास करने पर भी हानि को आप लोग रोक नहीं पाएंगे अधिकांश कार्यों में आज किसी अन्य के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा लेकिन जिसके ऊपर आश्रित रहेंगे वह भी टाल करना जो है आपके ऊपर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपके मन में नेगेटिविटी उदासीनता हावी होगी कर्म के प्रति आपकी आस्था जगेगी, लेकिन पूजा पाठ के समय मन आपका बहुत ज्यादा इधर उधर भटकेगा, जिससे आपके मन में शांति नहीं रहेगी शाम के समय सभी मामलों में राहत लेकर के आया दोपहर बाद से कोर्ट कचेरी संबंधी मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी साथ ही साथ जमीन के दस्तावेज से संबंधित यदि आपके मन में कोई पीड़ा चली आ रही थी तो यह भी हरती हुई दिखाई पड़ रही है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिए साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पर दूध में खाड़ वाली जो मिश्री आती है इसको डाल करके अभिषेक करिए अच्छा धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक सिंह राशि के के जातकों आज दिन आपको अपने अधिकांश कार्यों में विजय प्राप्त होगी सोच विचार कर ही किसी कार्य को करेंगे तो बेहतर रहेगा धन लाभ प्रयास करने पर आपको अवश्य प्राप्त होगा सरकारी कार्यों में जोर तोड़ करके सफलता पाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कार्यक्षेत्र पर आज आपका दबदबा रहेगा विरोधी आज आपके आगे आने की हिम्मत नहीं करेंगे सहकर्मियों से बीच में कुछ मतभेद होंगे निराकरण भी इसका होता हुआ दिखाई पड़ रहा है घरेलू सुख भी आज उत्तम रहेगा सुख सुविधा जुटाने पर आज आपका धन खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज खान पान के में जो है आपको संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं घर के बुजुर्ग से सुख समाचार की प्राप्ति होगी साथ ही साथ आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा आप लोग उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को करना क्या रहेगा तो आज दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ करिए साथ ही साथ आज किसी छोटी सी कन्या को आपको कुछ मीठा या मिश्री वगैरह आप लोग खिला सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा नी, नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ कन्या राशि के जात को क्या कुछ कहता है आज का दिन तो कन्या राशि के जात को आज का दिन आपके लिए खर्चीला साबित होगा रिश्तेदारों के साथ आज आप अपने घर वालों की चीज़ पूरी करने में अधिक धन खर्च करते हुए दिखाई पड़ रहा जिससे आपका बजट असंतुलित हो सकता है आज आपकी मनोरंजक प्रवृत्ति रहने के कारण एवं सुख सुविधा जुटाने पर अनावश्यक धन खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है अचने आने लगेंगे कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी आपको हानि पहुंचाने के असफल प्रयास करेंगे स्त्री का सहयोग घरेलू परिस्थितियों को सामान्य बनाए रखने के लिए आज ठीक रहेगा शाम के समय आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय क्या करना रहेगा देखिए हर चीज़ उपाय पर आके ही टिक जाती है जब बाधा आती है तो उसका निवारण होता है जब आप बीमार पड़ते हैं तभी आप दवा खाते हैं यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी चली आ रही है बाधाएं दूर नहीं हो रही हैं तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइएगा निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी कमियों के कारण गृह दोषों के कारण हो सकता है कि आपकी बात न बन पा रही हो और उसको दूर करने का प्रयास भी करेंगे तो दर्शकों स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं उपाय क्या करना रहेगा कन्या राशि के जातकों को देखिए कन्या राशि के जातकों आज दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करिए साथ ही साथ कीलक कवच अरघला और सिद्ध कुंज का स्त्रोत को भी आज आप लोग पढ़ के घर से निकलिए एक इलायची का सेवन करके आप लोग निकलिएगा निश्चित ही आज आपके काम बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तुला राशि के जात को 31 का लिब्रा के लिए क्या लेकर के के आया तो आज के दिन आप अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर डालते हुए अनिर्णायक स्थिति रहने के कारण आ, कुछ गलत डिसीजन आप लोग ले सकते हैं साथ ही साथ आज अधूरे आप जो काम में जाएंगे वो काम पूर्ण नहीं कर पाएंगे वो काम अधूरा रह जाएगा या निरस्त हो सकता है नौकरी करने वाले लोगों को आज अति उत्साह ले रूबेगा देखिए अति अति अति अच्छी नहीं होती तो किसी काम में मत करिएगा उच्च अधिकारियों के सामने जब आप जाइएगा तो अपने वाड़ी पर अपने जिब्हा पर आपको थोड़ा सा विराम लगाना रहेगा लापरवाही यदि आप करेंगे तो आज आप लोगों को कोई जो है राजकीय पक्ष से दंड प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर देखिए आज करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा की आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करिए साथ ही साथ आज मां दुर्गा को एक मीठा पान आप लोग अर्पित करिए आपके लिए बहुत कुछ खुशखबरियाँ मिल सकती हैं इन उपायों को करने से शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के जात को आज का दिन आपको शांति से बिताने के सितारे सलाह दे रहे हैं यात्राओं का योग बन रहा है पराए काम अथवा धन से दूरी बना कर रहे आज परोपकार के बदले आप सब सुनने को आपको मिल सकते हैं लोग आज आपसे स्वार्थ का संबंध रखेंगे काम निकलने के बाद आज आपसे दिखाई पड़ रहे। आज पहले अपने उलझे कार्यों को सुलझाएं बाद में ही किसी अन्य कार्य देखें तो बेहतर रहेगा आर्थिक दृष्टिकोण से दिन निराशाजनक कुछ रह सकता है ना के बराबर रहेगी परंतु खर्च रोकने पर भी आज बढ़ चल करके जो है आप लोग धन खर्च करते यात्राओं की योजना आज अध्य में रहेगी आज आराम की चाह मन में ही रह जाएगी बहुत अधिक आप लोग परिश्रम करेंगे मेहनत करेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग नारायण कवच का पाठ करिए साथ ही साथ यदि हो सके तो आज आप लोग श्री सूक्त का पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक सेजिटेरियस राशि के जातको आज का दिन भी आपके लिए काफी लाभदायी रहेगा बीते कल के अधूरे कार्य आज पूरे होने से धन की आमद आपकी बनी रहेगी नौकरी पेशा लोग भी अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित होंगे दूर के व्यवसायों अथवा शेयर आदि में आज उछाल आने से अन्य आय के जो साधन होंगे ये बनेंगे सरकारी कार्यो में आज ढील ना दे था लंबे समय के लिए लटक सकते हैं धार्मिक कार्यों में रुचि होने पर भी उपयुक्त समय नहीं निकाल पाएंगे संध्या के बाद का समय प्रतिकूल हो जाएगा आसपास का वातावरण क्रोध दिलाने वाला बनेगा ना चाहते हुए भी किसी से झगड़ा होने की संभावनाएं हैं आज आपके घर में महिलाओं की सेहत कुछ प्रतिकूल हो सकती है खराब हो सकती है तो आज आप लोग ओम जूम सा इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पर आज आपको दूध में शहद और काला तेल मिला करके अर्पित करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा पाँच कैप्रिकॉन मकर राशि के जातकों तो आज के दिन व्यर्थ की भागदौड़ अधिक रहेगी व्यावसायिक कारणों से भी यात्राओं के योग बनेंगे परंतु अंत समय में निरस्त आप लोग ये यात्राएं कर सकते हैं आज कार्य क्षेत्र पर जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें कागजों को अपने संभाल कर रखिएगा न्यथा गुम हो सकते हैं सरकारी कार्यों में आज आप लोग टाल दें तो बेहतर रहेगा नहीं तो आज किसी से कोई वादा यदि आप करते हैं तो वो आप लोग निभा नहीं जो है पाएंगे आज का दिन कोर्ट केस में पराजय का दिन लेकर के आया है तो यदि कोर्ट केस में कोई डिसीजन आने वाला है तो पराजय के लिए आप लोग तैयार रहिएगा हमारी सलाह है कि आप लोग कोर्ट की डेट वगैरह बढ़वा लें तो बेहतर रहेगा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और इसका लाभ कम मिलेगा साथ ही साथ किसी कंपटीशन की यदि आप जा रहे एग्ज़ाम देने या तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो इसमें भी आज आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे कुल मिलाकर के देखिए दर्शकों जो हमने दिशा बताया जो हमने उपाय बताया उसको करके ही आप निकलिएगा आपके घर में किसी बुज़ुर्ग की जो है चाहे आपके दादा दादी हों चाहे आपके जो है कोई रिश्तेदार हों इनकी तबीयत इत्यादि भी ख़राब हो सकती है तो आपके धन का एक हिस्सा दबाव पर आ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कोशिश कीजिए नारायण कवच का पाठ करिए साथ ही साथ लक्ष्मी सहस नाम इसका आज आप लोग पाठ कर सकते हैं बहुत ज्यादा समय नहीं 15 से 20 मिनट लगेगा इन 15 से 20 मिनट को करने से आज, आज आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा और अचानक अचानक से आपको धन लाभ होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार हम बढ़ते अपनी अगली राशि पर और हमारी अगली राशि आती है शनिदेव की ही राशि कुंभ राशि कुंभ राशि के जात को आज के दिन आपकी किसी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेगा किसी पुरानी प्रॉपर्टी की आज आपको प्राप्ति हो सकती है व्यवसायी वर्ग व्यापार में विस्तार करेंगे जिसका लाभ भी आज शीघ्रता से मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप लोगों को धन लाभ होगा लेकिन जो है मल्टीपल धन लाभ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा जैसे आप नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नौकरी बहुत अच्छी नहीं रहेगी लेकिन आपके लिए जो बिजनेस रहेगा ये काफ़ी अच्छा रहेगा दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में आज कोई आप जो है अचीवमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है और महिलाओं के लिए आज का दिन देखिए बेहतर रहेगा परिवार के किसी जो है सदस्य के हो सकता है कि कोई धन हानि हो जाए तो आप लोग अपने परिवार में थोड़ा सा लोगों को एवेर कर दीजिएगा कि जो है आप लोगों की धन हानि हो सकती है इससे आप लोग बचे साथ ही साथ देखिए यदि आप कहीं पर जा रहे हैं इलाज के लिए तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन किसी गरीब को आप लोग कुछ दवा वगैरह दिला दीजिए साथ ही साथ हॉस्पिटल में यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए वहाँ का जल पीजिए जिससे जो आने वाली विपता है जो आने वाली बाधा है ये कुंभ राशि के जातकों को केवल छू करके निकल जाएगी नुकसान नहीं पहुँचाएगी साथ ही साथ अश्वदाई गोदाई धनदाई महाधनी धनम में जुस्तान देवी सर्व कामाशम देहि में इन मंत्र का एक बार आप लोग आज जो है जाप करिए में की यह है है। चलते, चलते हैं और हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जात को लंबी दूरी की यात्राएं आज होंगी आज का दिन आपके लिए आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से शुभ रहेगा सेहत में दिन भर उतार चढ़ाव कुछ लगा रहेगा रह परेशानी आ सकती है ओवरऑल जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में उनके लिए आज का दिन सफलता भरा रहने वाला है आज इनको कोई प्रमोशन इत्यादि भी प्राप्त हो सकता है और एक ह्यूज अमाउंट एक बड़ा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपके खर्चे बढ़ेंगे लेकिन उस अनुपात में आज आपके पास धन भी आता हुआ दिख रहा है यात्राओं की योजना को टालना आज आपके लिए बेहतर रहेगा खर्च के साथ साथ आप देखिए थोड़ा सा कुछ आपके साथ जो है चीटिंग हो सकती है फ्रॉड हो सकता है तो इनसे आपको बचना रहेगा यदि आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं तो एक बार पेपर इत्यादि जो पेपर वर्क होते हैं इनको आप लोग अच्छे से चेक कर लें अच्छे से देख लें तो बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को प्रयास यही करना रहेगा कि दुर्गा सप्तशती के नवम अध्याय का पाठ करिए साथ ही साथ या देवी सर्वभूतेशु लक्ष्मी रूपेणु संस्था नमस्त सह नमस्त नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और माँ लक्ष्मी को अपने घर में साक्षात बुला लीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ